ऐसे गाड़ के बेजती नहीं कर सकते तो मेरे मैं क्या नहीं बेजती करूँगा किराया आपके हिसाब से आएगा जो तो खंड के है ना ये मैं सस्ते है मेरी दुकान का किराया तो है इसने क्लीनिक है मानिया के मानी का केस इसलिए हाँ। करेगा डांगरूंगे अग्रीमेंट के अग्रीमेंट में दुकान है